ये वीडियो में दिखाए गए कैरेक्टर किसी भी तरह से कोई भी संस्कार को नीचा नहीं दिखाते हैं ये वीडियो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए है प्लीज इसे अपने दिल पर ना लीजिए थैंक्स अरे बेटा पढ़ाई क्या कर रहे हैं कुछ <laughs> नहीं अंकल से पढ़ाई कर रहे एक राम बेटा एक जान का नाम सुनकर मेरी तबीयत जाती है। कोई नही अंकल कुर्सी लेके बैठ जाओ बेटा बेटा किसको किसको? किसको अंकल अंकल अंकल। बैठो ना बैठ जाओ ना यू डिस्टर्ब हो रहा है बेटा बेटा। से मुझे मेरी तबीयत और जाती है बेटा। सोड़, सोड़, सोड़, सोड़। ए, सम जाना अंदर अंदर हाँ बेटा समझ ये ये वाला समझ है अरे तो बहुत आसान बेटा बेटा बेटा यू यू में मैं कर दूंगा एक मिनट लेंगे पहले ना हमें ड्रॉइंग करना सीखा में यू करता लो बेटा लॉ ड्राइंग बताओ बेटा उधर देखो बेटा उधर बेटा नहीं नहीं नहीं देखो बेटा कुछ कुछ मच्छर आ गया तेरे से तुम देखो बेटा ड्राइंग देखो बेटा देखो बेटा ड्राइंग ओके बेटा रखो बेटा ठीक तो कर है बेटा। करो न क्या बेटा तुम्हारा तो आंटी भी बोलती रहिए करो न करो नोना आंटी रूम में क्या बोलती है करोना। बड़ा और अंक हाय बड़ा पकड़ पा बेटा पा पकड़ और बड़ा उनका नाम उनका मेरा नाम मेरा नाम है लोठा लोठा ठ इस था नोट डा इस था अंडरस्टैंड गंदी अरे बेटा ये तो कुछ भी नहीं तेरी आंटी को जरा नंबर लिख मेरे उस पे... नहीं बेटा नहीं दूसरा नंबर लिख आंटी का नंबर याद नहीं रहता नौ बारह तीन तीन एक साथ चौदह एक साथ चौदह हेलो बात करो बात करो हेलो हाँ मुन्नी आंटी क्या अंकल कुछ खुजाने बात करो बात करो क्या खुजाना आंटी हाथ डाल के डालू बेटा खुजा दो ना सुना गाइस, मैंने जब संस्कार पार्ट संस्कार पार्ट पार्ट डाला था, था मुझे कमेंट आया कि भाई डालिए। तो मैंने आपके कहने पर संस्कार पार्ट टू डाला है और गाइस हमारे वीडियो का अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और कम से कम आपके लिए टारगेट है पंद्रह लाइक्स का गाइस छोटा ही टारगेट है पूरा कीजिए गाइस और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड सपोर्ट टू पी एम फाइन थैंक यू जय हिंद जय भारत माता की जय